टीकमगढ़ पुलिस पूरे लाव के साथ एक्शन मोड में नजर आई पुलिस ने रेड मारकर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है इस समय पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जबलपुर से स्थानांतरित होकर टीकमगढ़ कोत टी आए कोतवाली के टीआई मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर टी आए टीआई मनीष कुमार ने टीम के साथ टीकमगढ़ के बीचों बीच बसे कुंचन वंडिया मोहल्ले में छापा मारा जिसमें उन्होंने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की और मौके पर तैयार हो रही शराब को नष्ट किया यह वही इलाका है जहां पर लोग अवैध शराब के कारोबार में पीढ़ी दर पीढ़ी लिप्त रहते हैं शासन प्रशासन स्तर पर कई बार व्यापक स्तर पर कई योजना चलाकर इनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन ये लोग शराब के साथ साथ अपराध की दुनिया में भी धीरे धीरे अपने कदम फैला रहे हैं अब देखना यह हुआ कि मनीष कुमार इन लोगों से कैसे निपटते हैं और इनके अवैध कारोबार पर कैसे लगाम लगाते हैं